कन्या राशि के जातकों नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अप्रैल माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में कन्या राशि के जातकों का अप्रैल माह कैसा बीतेगा इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे साथ ही साथ इस माह को आप ऐसे कौन से प्रयोग के द्वारा दिव्य बना सकते हैं जिससे आपके मार्ग में जो अड़चने जो बाधाएं आ रही हों वो दूर है साथ ही साथ जो कन्या राशि के जातक रहेंगे इनके लिए इस माह सबसे लकी कलर क्या रहेंगे इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों से पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप नए सब्सक्राइबर हैं हमारे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बना बेल आइकन दबाइए हर संडे हर रविवार रात्रि 10 से 11 बजे तक की हम लाइव होते हैं और वहाँ पर आकर के आप हमसे जो है आ, डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड अपने जन्म पत्री से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर वहाँ पर जान सकते हैं तो सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों ओवरऑल पहले देखते हैं कि कन्या राशि के जो जातक रहेंगे उनके लिए ये महीना कैसा होगा उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आपका करियर हो गया आपका व्यवसाय हो गया धन संबंधी दिक्कतें जो भी आ रही होंगी उस पर जो है प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे दर्शकों आगे बढ़े उनसे पहले बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर नक्षत्रों के गोचर और जो ग्रही गोचर व्यवस्था चल रही है अप्रैल माह में इस पर आधारित है तो दर्शकों देखिए कन्या राशि के जो जातक हैं फाइनल इस राशिफल को ही अपना मूलभूत ना माने कारण इसका है क्योंकि संसार में करोड़ों लोगों की राशि कन्या राशि होगी तो पर्टिकुलर आपके ऊपर 100 परसेंट सटी बैठ बैठे ऐसा यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपसे मिलेंगी यदि वास्तविक स्थिति का आपको पता लगाना है तो आप लोग अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं जन्मकुंडली के क्योंकि आपका जन्म समय कुछ अलग होगा आप जिस समय जो है पैदा हुए होंगे जिस माह में जिस वर्ष में और जिस दिन पैदा हुए होंगे वो अलग होगा जन्म का समय मिनट सेकंड सब अलग होगा जन्म का स्थान अलग होगा तो इसके आधार पर कुंडली बनती है उसमें आप सभी लोगों को जो है उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा खैर कन्या राशि के जातकों देखिए अप्रैल का जो ये महीना रहेगा इस दौरान कन्या राशि के जातक आप अपने करियर पर यदि नज़र दौड़ाएं तो विद्यार्थियों को इस दौरान काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अप्रैल माह में नई नई चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी और आपकी शिक्षा में भी अनेक प्रकार के व्यवधान भी आ सकते हैं यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं और पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा अप्रैल महीने भाई बहनों से आपको अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है आपके प्रेम जीवन में समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा यदि आप विवाहित हैं तो इस महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा लेकिन महीने का जो उत्तरार्ध रहेगा ये काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर के आया है आर्थिक तौर पर अप्रैल का यह माह यदि स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो काफी कुछ जो है मतलब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी बढ़ते हैं सबसे हमारा जो पहला टॉपिक आता है आपका करियर एवं व्यवसाय कैसा रहेगा तो देखिए इस माह के पहले सप्ताह में कन्या राशि के जातक अपने कैरियर के निर्माण में पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं परिणामतः आपको अच्छी खासी प्रगति हासिल होती हुई दिखाई पड़ेगी जिससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे वहीं माह के दूसरे सप्ताह में जो कन्या राशि के जातक हैं इनके कारोबारी जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति के संकेत मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप यहाँ पर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं साथ ही साथ यदि पार्टनरशिप में आपका काम चला आ रहा है तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी एक बात और बताना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों यदि किसी नए बिजनेस का आपने माइंड सेट किया है तो अप्रैल महीना आपके लिए बेहतर रहेगा वो भी जो दूसरा सप्ताह रहेगा उसमें आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं इस माह का जो तीसरा जो है सप्ताह रहेगा आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल यहाँ पर रहने वाला है साथ ही साथ माह का जो अंतिम भाग रहेगा ये व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस माह देखिए आप लोगों ने यदि कहीं पर अप्लाई किया होगा और उसका रिजल्ट आने वाला होगा तो आपके पक्ष में कन्या राशि के जात को आ सकता है इसके साथ यदि हम बात करें आपके सहकर्मियों की जिनके साथ आप बैठ करके आ, अपने पूरे दिन का आठ से दस घंटे जो है व्यतीत करते हैं तो सहकर्मी आपके लिए कुछ ना कुछ बाधा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज खड़ी करते हुए क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उच्च अधिकारियों के मन में आपके सहकर्मियों द्वारा आपके प्रति घृणा का भाव आपके जो बॉस होंगे आपके जो अधिकारी होंगे उनके मन में भरा जाएगा तो इस लहजे से भी आपको यहाँ पर सावधान रहना रहेगा बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर ये आता है प्रेम संबंध कैसा आप लोगों का रहेगा दांपत्य जीवन कैसा रहेगा तो देखिए प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह रहेगा कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए इनके निजी संबंधों को और अधिक उपयोगी और अनुकूल बनाने की दिशा में सार्थक रहेगा आप अपने साथी के प्रति कुछ आकर्षण का भाव बढ़ा हुआ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आपके संबंध परस्पर मधुर व सुखद होंगे इस माह के दूसरे सप्ताह में साथी के कार्य व्यवहारों से आपके मन में कुछ उदासी स्थिति रहेगी हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा शब्द भेदी भाड़ आपको बोल दें कि आपके दिल में चुप जाए तो ऐसी स्थिति का भी सामना आपको इस माह दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है साथ ही साथ यदि आप लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो आप लोगों के बीच कोई ना कोई ऐसी टकरार होगी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण एक दूसरे के प्रति वैमनस्व का भाव आप दोनों के जो है बीच में आ सकता है हालांकि माह का तीसरा व अंतिम सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा काफ़ी कुछ गोल काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपने डिसाइड किए होंगे इस माह आप लोग अचीव करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो वैवाहिक जो है विवाह के योग के व्यक्ति हैं उनका विवाह इत्यादि भी तय होता हुआ यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है फाइनेंशियल स्थिति की बात कर लें आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति की हम बात कर लें कन्या राशि के जातकों के जो है वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी तो देखिए वित्तीय स्थिति के मामले में अप्रैल माह का ये जो प्रथम सप्ताह रहेगा कन्या राशि के जातकों का बढ़ता हुआ लाभ आत्मविश्वास और आपका जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ करेगा जिससे आप अपने कामों को और मन लगा करके करने में लगे रहेंगे हालांकि इस माह के दूसरे सप्ताह में कुछ समस्याओं के चलते आपकी आमदनी कुछ कमतर बनी रह सकती है बहुत जो है ज्यादा उम्मीद है कि आपका पैसा आपके धन का एक सोर्स आपके अपनों के स्वास्थ्य के ऊपर जाए जी हां आपके माता हो सकते हैं आपके पिता हो सकते हैं आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है और उसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो इसे आप लोग अपनी निजी समस्या मान करके जो है अगर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में धन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं इस माह देखिए आप लोगों को बता दें कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपने यदि किसी को अपना पैसा उधार दिया धन उधार दिया है तो आपको पुनः उस जो है मतलब धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही साथ ही साथ यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है इस माह आपको सरकार के तरफ से कोई आपको अचानक से गिफ्ट इत्यादि मिल सकता है तो काफ़ी कुछ ठीक रहेगा अब बढ़ते हमारा जो अगला टॉपिक आता है ये आता है एजुकेशन आपका कैसा रहेगा शिक्षा एवं ज्ञान की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में कन्या राशि के जो जातक रहेंगे ये इनकी शैक्षिक प्रगति को बनाए रखने में काफ़ी व्यस्त रहेंगे जो बच्चे तकनीकी व साहित्य और कला के विषयों में अपनी समझ व ज्ञान को पुख्ता करने में हैं उनके लिए माह काफ़ी अच्छा रहेगा माह के दूसरे सप्ताह में कन्या राशि के जातकों छोटी मोटी परेशानियों के चलते आप लोग परेशान हो सकते हैं जिससे आपकी अध्ययन क्षमताएं प्रभावित रहेंगी हालांकि इस माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह से आपको पुनः अच्छी स्थिति का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहा है उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं आप लोग बस इंतज़ार करिए और किसी हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोगों ने यदि लोन्स इत्यादि अप्लाई किए होंगे तो आप लोगों को मिल सकता है बढ़ते हमारा जो अगला टॉपिक आता है देखिए हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं दर्शकों आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन आप लोग ज़रूर दबाइए हेल्थ की ओर बढ़ते हैं हेल्थ इज वेल्थ जी हाँ स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो कन्या राशि के जातकों माह के प्रथम सप्ताह में कन्या राशि के जो जातक रहेंगे ये अपनी सेहत को लेकर के कुछ परेशान बने रह सकते हैं कुछ गैस से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपको कुछ उपचार है तो किसी अनुभवी चिकित्सक की यहाँ पर जरूरत बन जाएगी साथ ही साथ इस माह के दूसरे तीसरे सप्ताह में आपकी सेहत पुष्ट व चुस्त बनी रहेगी लेकिन माह का जो अंतिम सप्ताह चौथा सप्ताह रहेगा बहुत ज़रूरी सप्ताह रहेगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ परहेज करना पड़ेगा रोग व बीमारियों की स्थिति यहाँ पर उभर करके नजर आ रही है कन्या राशि के जातक वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा आज जो है मतलब आप लोगों को अप्रैल माह कोई दुर्घटना का भी शिकार करा सकता है साथ ही साथ यदि आप लोग ब्लड डोनेट वगैरह देने जाते हैं तो बहुत ही सावधान रहिएगा पहले अपना हीमोग्लोबिन्स इत्यादि चेक करा लीजिए उसके बाद ही ब्लड का डोनेट करिएगा नहीं तो काफी कुछ स्थितियां आपके प्रतिकूल स्थितिया की ओर चलते हैं देखिए कन्या राशि के जात को के तो के आपको करना क्या रहेगा शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान करना रहेगा और गणेश चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना रहेगा साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि इस माह में सप्ताह में एक बार शनिवार वाले दिन भैरव मंदिर जा कर के भैरव बाबा के आपको दर्शन करना रहेगा और यदि आपके मोहल्ले में जो भी आवारा कुत्ते हैं इनको दूध और रोटी यदि सप्ताह में एक दिन दे सकते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा प्रत्येक दिन एक एक मुट्ठी ये क्रिया आपको सोमवार से प्रारंभ करना है प्रत्येक दिन एक एक मुठ्ठी अनाज आप लीजिए जैसे सोमवार का दिन था तो आपने एक मुट्ठी चावल ले लिया चंद्रमा से संबंधित दूसरा मंगलवार है तो आपने लाल मसूर या गेहूँ ले लिया तीसरा बुधवार है तो आपने मूंग ले लिया बृहस्पतिवार है तो चने की दाल ले ली शुक्रवार है तो आपने जो है शक्कर ले ली शनिवार है आपने क्या किया कि जो है यहाँ पर काले तिल ले लिए सरसों इत्यादि ले लिए रविवार है तो रविवार को आपने जो है गुड़ ले लिया गेहूँ ले लिया इत्यादि इन सब चीज़ों को लीजिए और संडे वाले दिन आपको इसको करना क्या रहेगा कि ले जा करके पंछियों के लिए आप डाल दीजिए जो गुड़ रहेगा उसको गाय को खिला दीजिए तो मंडे से प्रारंभ करिए और संडे तक जो है ये क्रिया करिए संडे को आप फाइनली पंछियों को डाल दीजिए और गाय को खिला दीजिए ये चीज़ें आपको करनी रहेगी साथ ही साथ आपको प्रतिदिन याज्ञवल्लकृत सूर्य स्त्रोत का पाठ करना रहेगा सन आपका स्ट्रांग रहेगा तो जीवन में सभी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाएंगी एक अंतिम उपाय आप लोग प्रातः काल जब सुबह जल्दी उठते हैं तो बस 11 बार आप लोगों को बोलना क्या रहेगा ओम मातृपित्र चरण कमलेभ्यो नमः जी हाँ फिर से सुन लीजिए स्क्रीन पर देख लीजिएगा ओम मात्र पितृ चरण कमले नमः इस मंत्र को सुबह उठकर के ग्यारह बार बोलिए और फिर इसके आप लोग चमत्कार देखिए इस माह हरा रंग और वाइट कलर अर्थात श्वेत सफ़ेद कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे इन रंगों का इन रंगों के परिधानों का प्रयोग करके आप लोग शुभा बना सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपको जो है पहुंचाने की डिलीवर्ड करने की कोशिश की है तो दर्शकों दीजिए इजाजत यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए इस वीडियो की जो है मतलब रीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में और हाँ अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके करवाना ना भूलिए दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो Badi darisa.